भाई कहीं लेके चलो ना बहुत भूख लगी है चल ना पोचिंग की मस्त चिकन डिनर करते लोग या पर बचने वाले पारा हो जाओ सारे साइन है पधारा मैं फाड़ दूंगा गाड़ दूंगा सबको उखाड़ दूंगा लेके दूर से ही मार दूंगा ना बेना कोई हेलमेट न चेस्ट पे बहना बेस्ट लगा दूं सबकी वाट एंड आई एम देश तुम बेस्ट मैं शेर मैं करता सबको ढेर तोड़ फाड़ मेरी मैप लिया मैंने घेर है टॉमी गन है सबको जब होता हूँ मैं हाइपर अब करना है अटैक है लेवल थ्री का पैक पैक में पागल हूँ टेला हूँ चुन चुन के मैं सबको पेला हूँ लगा दो जितना दम तुम सारे में काफी अकेला हूँ लगा दो जितना दम तुम सारे में काफी अकेला हूँ एक राइफल मेरे हाथ में जिसकी मैगजीन पूरी फुल है दिमाग मेरा अफगुल है मेरे बदले की ये चुल्ह है दिमाग मेरा अफगुल है मेरे बदले की ये चुल्ह है दिमाग मेरा अफगुल है मेरे बदले की ये चुल्ह है मेरे बदले की ये चुल्ह है जोन का मुझको डर नहीं ये मैप मेरा कोई घर नहीं ये जंग है सब दंग है रेड जोन का कोई असर नहीं खबर नहीं की क्योंकि बंदूक मेरी टॉप की देखो सिचुएशन क्या और लड़ने को तैयार है बंदूक मेरी बोले बुम बुम फिर तीनों को मारा घूम घूम अब बचाए सिर्फ एक ऐसा जिसने मारा मेरी टीम को मेरे सर को उसने किया खुद और तोड़ा मेरे ट्रीम को ना चिकन डिनर ना बना विनर सब बोले लेकिन मैं फाड़ दूंगा खुद को करूंगा प्रूफ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ दूंगा खुद को करूँगा प्रूफ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं फाड़ दूंगा खुद को करूँगा प्रूफ जो नूब होते है वही खूब होते और जो ट्राई करते हैं वही फ्राई करके खाते है चिकन डिनर नागमणि डीजे nagamani dj